नमस्कार दोस्तों ये है अपने उत्तराखंड बागेश्वर का मशहूर और फ़ेमस गांव जिसका नाम है काफलीगेर और इस वक्त मैं मॉर्निंग काफली में काफलीगेर में मौजूद हूँ दोस्तों यह ख़ूबसूरत नज़ारा जो पहाड़ों के ठीक बीचों बीच या गाँव आप देखिए काफ़ी ज़बरदस्त यह गांव क्योंकि तो यहाँ पर सभी को आकर्षित करता है एवं यहाँ पर सभी लोगों को मनमोहित करता है यह गांव आप मेरे इस चैनल के माध्यम से पूरी वीडियो में इस गांव को लुप्त नज़ारा देख, देख सकते हैं वैसे एक सवेरे का यहाँ पर यह खूबसूरत नज़ारा आपको मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा ये देखिए दोस्तों गांव में जो नदियाँ होती हैं उनको हम गधेरे बोलते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं थैंक यू दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों और कमेंट में जय उत्तराखंड लिखना जरूर पूरा करें दोस्तों